अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आपको फोटो में औ जिला फायरफॉक्स रोम और याहू के आइकन दिखाई दे रहे हैं इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर बताइए आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन ए सैंतीस ऑप्शन बी इकतीस ऑप्शन सी तिहत्तर या ऑप्शन डी बाईस आप अपना जवाब